15 वर्ष वर्ष के अंदर नहीं हो जाता कुछ इतना है उतना करना चाहिए इसलिए दोनों नातियों को विद्वान बनाने के लिए चारों विद्याओं सात के और, और यहाँ चारों वेदों के विद्वान बनाना चाहते हैं छो पुराण के विद्वान बनाना चाहते हैं और इस प्रकार जब तक जगो कवीर संस्कार नहीं होगा, तब तक वेद तो पढ़ने के अधिकारी नहीं हो सकते इसलिए अपने बालकों को जगो भविदान का जो संस्कार होता है जैसे विवाह होता है कन्याओं का था था था। उसी प्रकार केवल सिंदूरदान नहीं होता सभी विधान होता है जगो भवीर संस्कार नहीं इसलिए सोलह हजार एक सौ में सोलह हजार एक सौ पटियों को बंदी बनाकर के रखा था बड़े ही संगशाली राजा भौमासुर ने भगवान भौमासुर को भी समाप्त करते हैं और सोलह हजार एक सौ भगवान के विवाह होते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर का करने के लिए हैं। में बड़ी परसन्नता है भगवान के सोलह हजार एक आठ रानी पटरानियां हुई और सभी रानी पटरानियों के दस दस लड़के हुए और, और में भगवान ने सुंदर बनाया था इसलिए वहाँ पर जितने लोग थे उनके मन में किसी प्रकार की शंकाए नहीं सभी लोग भगवान का चिंतन किया करते